नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम होमिक एसिड के लाभ के बारे में बात करेंगे हमारी वरदान के, के समान है यह एक प्रकार का खनिज कार्बनिक तत्व है जो पौधों के लिए महत्वपूर्ण भाग है जो पौधों और फसलों की जड़ों का विकास करता है हुमेक पौधों की ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है जिससे जिस मिट्टी में उपलब्ध आवश्यक तत्व फसल अवशोषित कर पाती है। एक प्रकार एक के, के पौधों के, के लिए पाचन तंत्र पा का, का हिस्सा भी माना जाता है यह पौधों के के अंदर जाकर जिस तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति कराता है और इसके प्रयोग से फसलों का रंग हरा हो जाता है और पौधों का विकास में फायदा होता है होमिक एसिड के प्रयोग से मुख्य रूप से पौधों की जड़ों को गहरा करने के लिए किया जाता है जिससे फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है जमीन में उपलब्ध आवश्यक पोषण तत्वों को पौधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इन्हें बहने में रोकता है तथा पौधों को उपलब्ध भी कराता है किसान भाई इसका प्रयोग बुआई के समय करें जिससे बीज की ग्रोथ अच्छी हो तथा पौधों की शुरुआत से ही स्वास्थ्य अच्छा रहे होमिक एसिड का 70 प्रतिशत कार्य मिट्टी में होता है तथा 30 प्रतिशत कार्य पत्तियों पर होता है इसका महत्वपूर्ण कार्य तो, कार कार तो यह है कि ये मिट्टी को भुरभुरा करता है जिससे जड़ों की विकास जड़ों का विकास होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है जिससे पौधों से हरा पनाता है और जब हम फसलों में कोई रासायनिक खाद फसल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए डालते हैं तो, हैं तो उसका, उसका मात्र 30 से चालीस प्रतिशत से 90 भाग हमारी फसल को लाभ मिलता है। नब्बे मिट्टी में मिट्टी में हूमिक एसिड की सही मात्रा होने पर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है जिससे उत्पादन भी अधिक होता है यूरिया व अन्य मिश्रित खादों के साथ मिश्रण करना बेहतर रिजल्ट देता है होमिक एसिड उर्वरक के साथ छिड़काव किया जा सकता है किसी भी उर्वरक के साथ छिड़काव किया जा सकता जा है स्प्रे के, के माध्यम से देने के लिए इफको द्वारा बनाया गया होमिकोपको का प्रयोग करें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं जिससे हुमिक के साथ साथ फुलविक एसिड और पोटेशियम भी पाया गया है और भी अन्य कंपनियों द्वारा होमिक एसिड को लिक्विड एवं दानेदार रूप में उपलब्ध कराया गया है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं प्रिय किसान भाइयों यदि होमिक की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने और अन्य किसान मित्रों को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद